मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं, जो कि आई कैंडिडेट्स के लिए हैं और बैक पेपर एग्ज़ाम से रिलेटेड है अभी कुछ समय पहले ही जिन कैंडिडेट्स की सी एग्ज़ाम में बैक लगी हुई थी उन सभी कैंडिडेट्स को एन के द्वारा ग्रेस मार्क देकर के प्रमोट कर दिया गया था जैसे कि ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन इंप्लाइबिलिटी इन सभी सब्जेक्ट्स में एनसीबीटी ने कुछ अपने रूल्स रखे हुए थे जैसे कि ट्रेड थ्योरी में अगर किसी कैंडिडेट्स के 22 से 26 के बीच में थे तो उन्हें ग्रेस मार्क देके के 33 कर दिया और जिन कैंडिडेट्स के इम्प्लाइबिलिटी वर्कशॉप कैलकुलेशन में बारह से सोलह नंबर के बीच में थे उन कैंडिडेट्स को सत्रह करके प्रमोट कर दिया गया इसी तरह से आज की डेट में भी एक लेटर जारी किया गया है जिनमें अब ये तो सीबीटी के एग्जाम के अब इन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर बैक लगी हुई है उन कैंडिडेट को भी ये छूट दी जा रही है पास करने की अब हम देखते हैं आपके सामने इसमें क्या बोला गया लेटर में ये देखिए आठ अप्रैल दो आज की डेट में ही लेटर जारी किया गया है अब हम सीधे सब्जेक्ट की ओर जाते हैं मेन मुद्दे पर डीजीटी फॉर इंजीनियरिंग मैंड सीधे सीधे क्लियर बोल दिया गया है एक बार फिर से आपको छूट दी जाती है जो भी कैंडिडेट एनुअल पैटर्न के हैं मतलब वन ईयर या टू ईयर के कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से आपको एक बार पास होने का मौका दिया है अब हम इसमें देखेंगे सीधे सीधे टॉपिक पर आएंगे ये देखिए क्या लिखा हुआ है रेगुलर बैच ऑफ सेशन 2019 हजार उन्नीस इक्कीस सेकेंड ईयर ऑफ टू ईयर ट्रेड एंड वन ईयर मतलब जिन कैंडिडेट ने 2019-21 में एडमिशन लिया हुआ है वो चाहे दो साल की ट्रेड वाले हो या एक साल की ट्रेड वाले Next में लिखा मंथ या मंथ के ट्रेड वाले ठीक है, सेशन बोला क्या जिन कैंडिडेट ने 2019-21 में एडमिशन लिया हुआ है ये टू तो की ट्रेड में वन ईयर या सिक्स मंथ ट्रेड सेशन बीस इक्कीस के अनुसार इसके बाद में इन्होंने जिन -20, कैंडिडेट ने सेशन दो हजार उन्नीस इक्कीस में एडमिशन लिया हुआ था और वे सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर में थे और उन कैंडिडेट की अगर ईडी में बैच लगी हुई तो ऐसे कैंडिडेट को छूट दी जाएगी और दो तो, और 2018-20 में जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ था सेकेंड ईयर का और उनका ई में सब्जेक्ट में अगर बैक लगा हुआ तो ऐसे कैंडिडेट्स को छूट दी गई है अब ये 2018-20 में में 19-20 वन ईयर की ट्रेड वाले और 19-21 मतलब बीस एक साल की ट्रेड वाले इन सभी कैंडिडेट्स की अगर ई सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है बारह से सोलह नंबर के बीच में तो इन सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क दे करके डी के, के द्वारा पास कर दिया जाएगा फिर से एक बार छूट दी जा रही है टू द रेगुलर और सप्लीमेंट्री कैंडिडेट को मतलब रेगुलर ट्रेनिंग और जो भी एक्स बैक वाले कैंडिडेट थे इंजीनियर ड्राइंग फॉर द सेशन अब देख रहे हैं ये कौन कौन से कैंडिडेट है दो हजार अठारह बीस एंड दो हजार उन्नीस इक्कीस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर टू ईयर ट्रेड मतलब चाहे वो एक साल की ट्रेड हो या दो साल की ट्रेड हो सभी कैंडिडेट्स को छूट मिल रही है इंजीनियर ड्राइंग में वन ईयर सिक्स मंथ या 2019-20 उन्नीस बीस या दो हजार बीस इक्कीस दो हजार बीस बाईस मतलब कि इन्होंने क्या बोला हुआ है 2018-20 और 2019 हजार उन्नीस इक्कीस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और टू ईयर ट्रेड 2018-20 में जिन कैंडिडेट ने एडमिशन लिया हो और 2019 हजार -20 में फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ई ईयर का हों इसके बाद में वन ईयर के ट्रेड वालों को दिया हुआ है 2019-20 और बीस इक्कीस इसके बाद में बोला हुआ है दो हज़ार बीस फर्स्ट ईयर और टू ईयर टेड मतलब 2022 में भी अगर किसी मान लिया अब ये मेन टॉपिक्स में क्या है जिन कैंडिडेट करंट ईयर में जो चल रहे हैं 2022 के जिनका फर्स्ट ईयर का प्रमोट कर दिया गया था ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट की ई सब्जेक्ट में ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसने पेपर नहीं दिया हुआ है या फिर उनकी नहीं पेपर तो देना होना चाहिए लेकिन अगर वो फेल हो गया है उसके बारह से सोलह नंबर है तो इन कैंडिडेट इन सभी सेशन के कैंडिडेट को इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पास करने के लिए बोल दिया गया है ऐसा यहाँ पे लेटर जारी कर दिया गया ट्रेनिंग सिक्योर बिटवीन 12 टू तो 16 इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेल्बी अवार्ड एंड सेवनटीन मार्क एंड डिक्लेयर्ड पास मतलब जिन कैंडिडेट्स के इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर बारह से सोलह नंबर के बीच में है तो ऐसे कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स को सत्रह नंबर दे करके ग्रेस मार्क दे करके तो उन्हें उनका रिजल्ट पास जारी कर दिया जाएगा मुझे उम्मीद है कि मैंने जो चीज आपको बताई हुई है आपको भली बात समझ में आ गई होगी अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपकी कोई क्वारी है आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं समझ में आई है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो